ख अवेलेबल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये 19 जून 1970 का उनका जन्म है और शनि उनके नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस का शनि सबसे पहले तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग के बारे में बताता है ये बात बिल्कुल निश्चित हो गई और यहां पर बैठे होने के बाद शनि से जो थर्ड हाउस है यानी कि जो इलेवंथ हाउस है वहां पर चंद्रमा है शनि से इलेवेंथ हाउस चंद्रमा का मतलब यह है कि दिस मैन हैज टू ट्राई और दिस मैन विल ट्रेवल यह एक बिल्कुल निश्चित बात हो गई और यहां जो थर्ड हाउस का चंद्रमा है यह कहीं ना कहीं कनेक्शंस को नेटवर्क्स को गेम्स को विशेष की फुलफिलमेंट को आदमी के हौसले को और कहीं ना कहीं टार्ट जहां से भी आदमी लेता है उसको सिग्निफाई करता है ये जो यात्रा हुई है इसको साधारण यात्रा की तरह से तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है